तो हेलो भाई कैसे हैं आप सब आई होप बढ़िया होंगे तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर फायर में हेयर शॉट मारने के लिए आप लोगों का पोर हैंड वाले के लिए बहुत ज़रूरी है हेयर शॉट मारने के लिए आप लोग ऐसा करते हैं जो फायर बटम दापों से तो स्ट करते रहते हैं जब तक गोली खत्म नहीं हो तब तक आप फायर बटम तब नहीं है उसके लिए आप लोग का हेयर नहीं लग पाता है और ये देखिए आप लोगों को एक और बात बतलाना चाहूँगा हेयर मारने के लिए देखिए यहाँ पे मेरा शरीर लग रहा है क्योंकि तो धीरे से ऊपर से तरफ़ हेयर शॉर्ट लगेगा देखिए मेरा हेयर शॉर्ट लगा हेयर शॉर्ट में सीधा निशाना जा रहा है तो आई होप ये आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि तो यूट्यूब से रिलेटेड जितना भी वीडियो मैं भेज डालूँ तो आपको यूट्यूब और फ्री फायर के रिलेटेड जितना भी वीडियो डालूँ तो आप सब जल्द से जल्द नोटिस चला जाए और आपको सबसे पहले धन्यवाद जय हिंद जय भारत